दिल बने बदम कम सितम ची दिल बने क्या बदम कम सित ये मत पूछो नजर फीस तत्पहा जिम्मे नजर फिल्म मिती स् तत्पहास लजिमे नजर वने ये क्या हो रहा कम से कम जोर में दिल वने क्या हो रहा कम से कम जोर में में दिल सोलवी क्या दुलम कंसित सोल दिलवन क्या बुद्ध कंसित सोल में मान कृथ में जाए चब्रसी पगा खोद चब्रृसी पगा खोद चप्रसी बगा खोदाए मुहूत कुर्थम च जाए चब्रसी पगा खोद ची पगा खो पृष्ब खुदाए अरमान मान कर में जोनर मान अबनो गांशी कई ती में जो नर मान अबनो गां पान लाल में तिर तथा मैंने सागा खोदाए पगा पगा पगा जब चपछी बगा खोदाए चप्रछी बगा खोदाए अरमान रिच में जाए चप्रछी बगा खोदाए चप्रिछी बगा खोदाए चप ते ते <स्थारी> क्यों चाय थ लॉल सारो वन खब मारो जो उू तो बुल जा थम गुलती गई जाए चब्रीसी बगा खोदाए चब्रीसी बगा खोदाए चब्रीसी पगा खोदाए अरमान महान कित में जाए दिलदार मन आ रे दिल जोल तो म्यन दिलदार मानिया रे बूट सनाशाय सब बगा खोदाए चब्रीसी बगा खोदाए जबसी बगा खदाए हरिमान गिरत में जाए जब बगा खोदाए जब रिश् बगा खोदाए जब रिसी बगा खोदए अरमान गर्थ मेजार